बबीता जी बापू जी का हो जाए बाद में जरा मेरा भी कंधा कंधा देख लेंगे। तो तो क्या रोज सुबह ना तो ये राइट का है ना ये का है है। बहुत पता नहीं उसका क्या कारण हो सकता है? आपका दर, मैं बाद में देखती कोई बात नहीं मैं वेट करता ओए, वे, कर जी वो बोल तू मैं online my city don't show me no love and that's fine follow the radio stations like i'm a played in all of these